and so on and so forth ये तक लोड है बीच इससेdataloaderक जाते हैं यह बना हुआ छोटा तुझे सबे मस्त और खुश है ये जावन पहाड़ में जो आपके सामने रोह और वास्तव में शांत बनाए रखता है इसे धारण करना न करना आपके हाथ में है हम आपके जीवन में इसको रख देते हैं जो आपके सारे ग्रहों और दावत को शांत बनाए रखता है इसे धार्म करना न करना आप भी शांति है तुम सो रहे हो कलियर कोई तुम सो रहे हो आई गए हो आरे तुम क्यों नहीं आए क्यों नहीं आए